अभी तक टकले चौहान सर नहीं आ रहे अरे आ अरे आ गए, गए। गुड मॉर्निंग चौहान सर गुड मॉर्निंग क्या बोला भाई फिर से बोल। टकले चौहान जी टकली बोलेगा। तेरे नजर में हम टकली दिखाई दे रहे आपका सिर तो देख ले एक भी बाल नहीं है सब बाल रात को गिरगिट खा गया क्या और स्टूडेंट गए? गया स्टूडेंट मैं क्या स्टूडेंट और स्टूडेंट लोग में मैं चराने जाता हूँ क्या नहीं पता ठीक है बैठ जाओ आज तुम केवल होगा दिखाई नहीं दिखाई नहीं दे रहे क्या अकेले बैठा हो तो हम केवल रहेंगे चल एक डांस दिखा आज पढ़ाई डांस से शुरू करते वाह बेटे वाह मौज कर ली अभी ऐसा डांस करेगा तो तेरा सिर फूट जाएगा और फिर देखने का लायक नहीं रहोगे लड़की मिलेगी ना भी भी मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगी अबे तो अब टकले हैं तो आपका लड़के बेबी नहीं है क्या टकले चौहार चला और डांस करके दिखा ऐसे डांस करते हैं तो डांस करना और एक डांस कैसे करते हैं मास्टर को डांस करने बोलता है ठीक है तो टकरे डांस करते हैं वाह वाह वाह वाह वाह वाह मानना पड़ेगा तेरे डांस पे डांस तो बहुत अच्छी कर लेते हो